हरामी ही बंदे बहुत मर रहे हैं अपन को मेडिकेट लगा लिए उनको अब यहाँ से भागना पड़ेगा अरे चल जा भाई मोबाइल भी अपन का काम नहीं करता है कभी कभार पर कोई बात नहीं अपन यहाँ से जाएंगे और अपन के बंदे की वाट लग चुकी है पूरा नॉक हो चुका है और बंदे ने उसे पूरा का पूरा मार चुका पर टेंशन लेने की बात नहीं है बोझड़े वाला अपन आ चुके जो हो जोन के अंदर अब खाली वो बंदा दुखने दो उसकी दो तो वाट लगा देंगे आगे से पीछे से हर तरफ से मारेंगे उसे रुको यहाँ पर है चूती रुक जा तू ने मारा आप उनके बंदे को बोझरे वाले ये ले इसका तो लाल पीला कर दिया भाई लोग आप ठोके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से यार मर... इमर्जी